इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग, लग सकती है कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेल